जिसका ही मैं जले चंद लोगों चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो साए में हर मसले हथ के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता मैं भी खाइफ नहीं तख्ता दार ऐसी मैं भी मंसूर हूँ कह दो ऐसी क्यूँ डराते हो जिंदा की दीवार ऐसी क्यों डराते हो क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो जान मिलने लगे तुमको चाकसी लगे तुमको इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकू अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसू चारा घर दरित मंदों के बनते हो क्यों तुम नहीं चारा घर कोई माने मगर मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता दीप जिसका ही मैं जले चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले वो जो सारे में हरे मसले हथ के पले ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता